सात्विक परिवेश में संस्कार युक्त परीक्षण प्रदत्त करने वाले इस संस्थान की शुरुआत प्रार्थना के केंद्रीय बिंदु है संस्थान का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों को पूर्णतः प्रायोगिक सिद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान देकर स्वावलंबी कुशल व आत्मविश्वासी बनाना है संस्थान के प्रत्येक सदस्य व प्रशिक्षकों द्वारा इस बात पर पूरी तरह जोर दिया जाता है कि छात्रों को वर्तमान व भविष्य की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रमों व खेलकूद द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासन मैत्री भाव देश प्रेम स्वावलंबन व परिश्रम की शिक्षा देने के लिए भी संस्थान पूर्णतः कार्यरत है अपने निरंतर प्रयासों के साथ यह संस्थान प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है जो कि स्पष्ट है स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास वर्तमान में संस्थान के नवीन सत्र के साथ साथ चार व्यवसायों के तकनीकी शिक्षण वायरमैन फीटर और इलेक्ट्रिशियन कोपा जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एक वर्ष की अवधि वाले इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नतम योग्यता दसवीं है इस ट्रेड में छात्रों को कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान के साथ कंप्यूटर ऑपरेटिंग और प्रोग्राम्स के संचालन का तकनीकी ज्ञान करवाया जाता है इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात अभ्यर्थियों के लिए ऑफिस ऑटोमेशन स्मार्ट अकाउंटिंग वेब डिजाइनिंग साइबर कैफे प्रबंधन एवं आईटी सपोर्ट आदि क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर है इसके लिए संस्थान में अति आधुनिक कंप्यूटर लैब का निर्माण भी किया गया है ITI के लिए अगला और दूसरा ट्रेड है वायरमैन। वर्षों के के के समय अंतराल वाले इस में चार है वा निम्नतम है। इस पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में हैं व योग्यता है। अंतर्गत कंप्यूटर सामान्य संचालन के साथ साथ बिजली ऊर्जा वोल्टेज आदि के माप के लिए उपयुक्त किए जाने वाले उपकरणों का ज्ञान व संचालन संबंधित है साथ ही साथ घरेलू बिजली वायरिंग सर्किट और ग्राउंडिंग इंस्टॉलेशन फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम लैंप नियोन साइन सजावटी एलईडी व सीएफएल आदि को स्थापित करना भी सिखाया जाता है वायरिंग से संबंधित सभी प्रकार के इंस्टॉलेशन कंप्यूटर लैब व वाणिज्यिक संस्थानों आदि की वायरिंग उनका रखरखाव, रखाव कनेक्ट रन आदि कई बातों की जानकारी इस पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है इसके लिए भी उपयुक्त प्रयोगशाला का प्रबंध संस्थान द्वारा किया गया है यह पाठ्यक्रम न सिर्फ सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करवाता है स्वरोजगार हेतु भी यह एक अच्छा विकल्प है अगला तथा तीसरा व्यवसाय है फीटर, जिसके लिए निम्नतम काल दो वर्ष है। यह एक पेशेवर फीटर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के उत्कृष्ट विकल्प देता है इस क्षेत्र के अभ्यर्थियों को पाइप फिटिंग खराद ड्रिलिंग वेल्डिंग इनका निरीक्षण मशीनों की साधारण मरम्मत स्लाइड सामंजस्य माप आदि के कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना सिखाया जाता है इसके अभ्यर्थी उत्पादन और विनिर्माण जैसे पुलों छतों की संरचना भवन निर्माण ऑटोमोबाइल अलाइड इंडस्ट्रीज सड़क परिवहन और रेलवे में अपनी सेवाएं दे सकते हैं इस पाठ्यक्रम के समापन के पश्चात अभ्यर्थी डिप्लोमा कोर्स व सी पाठ्यक्रम का विकल्प भी चुन सकते हैं अगला और चौथा पाठ्यक्रम है इलेक्ट्रीशियन जिसका अध्ययन काल दो वर्ष व न्यूनतम योग्यता दसवीं है यह पाठ्यक्रम इलेक्ट्रीशियन में तकनीशियन बनने की आकांक्षा रखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त विकल्प है इसके लिए संस्थान द्वारा उपलब्ध प्रयोगशाला न सिर्फ अति आधुनिक उपकरणों से लेस है बल्कि प्रायोगिक कक्षाओं के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए भी यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं इस पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों के लिए घरेलू और उद्योगों में इस्तेमाल बिजली एसी डीसी, मशीनरी प्रकाश सर्किट घरेलू उपकरणों की कैरी आउट स्थापना रखरखाव व मरम्मत के कार्य शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम को चुनने वाले अभ्यर्थियों के लिए सभी राज्यों के बिजली बोर्डों व विभागों सार्वजनिक क्षेत्रों बहुराष्ट्रीय कंपनियों निजी व सरकारी इंडस्ट्रीज आदि में विद्युत उत्पादन परीक्षण वितरण स्टेशन के लिए रोजगार की अपार संभावनाए है ऐसे तकनीशियनों के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध है ऐसे अभ्यर्थी पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी डिप्लोमा कर सकते हैं विद्या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इन सभी कोर्सों अथवा ट्रेड्स के संबंधित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन व समापन कर छात्रों के भविष्य को एक नई परिभाषा देने के लिए तत्पर है संस्थान के निर्देशक श्री शिव जोशी प्रतिक्षण अपने शत प्रतिशत प्रयासों को संस्थान के उत्थान व छात्रों के अध्ययन को और उत्कृष्ट बनाने की उचित व्यवस्थाओं और योजनाओं में लगा रहे हैं आज हम एक आम बच्चे के शैक्षणिक काल में नजर डाले तो उसके अंक तालिका का ग्राफ 8 और 10 तक तो सही चलता है उसके बाद उसके अंक तालिका का ग्राफ नीचे गिर जाता है कारण एक ही है उचित मार्गदर्शन का अभाव और इसी मार्गदर्शन के अभाव में कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और वो हीन भावना से ग्रस्त होकर इधर उधर काम पर लग जाते हैं लेकिन तकनीकी अनुभव के अभाव में अपनी क्षमताओं का उचित उपयोग नहीं कर पाता है इसी समस्या को देखते हुए हमारे मन में विचार आया ऐसे स्टूडेंट्स को तकनीकी शिक्षा शिक्षा दी दी जाए, दी जाए, ऐसी जिससे बन सके, खुद का रोजगार प्राप्त कर सके और आत्मविश्वास भरी जिंदगी जी सके श्री शिव जोशी को भरोसा है कि वो अपने प्रयासों में जरूर सफल होंगे क्योंकि उन्हें भरोसा है अपनी नीतियों पर अपने साथी प्रशिक्षकों पर छात्रों पर और अपने आप पर विद्या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आमंत्रित करता है उन सभी छात्रों को जिन्हें लगता है कि वो दूसरों की तुलना में कहीं पीछे रह जीवन। और आप भी बनिए इस मिशन का हिस्सा और अपने भविष्य को दे एक नई उड़ान क्यूँकी अब कोई भी छात्र ही भावना से ग्रसित नहीं होगा बल्कि यह सिद्ध हो जाएगा की ईश्वर ने हर छात्र को अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता दी है बस जरूरत है उसे पहचानने की और उचित रूप से विकसित करने की और जल्द ही वह दिन दूर नहीं होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास और सभी को रोजगार मिलने का स्वप्न पूरा होगा और सही अर्थों में निर्माण होगा मेक इन इंडिया का